out to breathe the guts out i just get a heart in me bana dil nahi abhi sun hadana why just fire yaa to gabe saade chuti hai jaan isme maine har lamha <laughs> jisne chaa kisi ko toda usne yaaron mera dil toda toda tanha tanha chhodna